पाई, तो रही से जो हथ बटिया हो होड़ के हर सुखी दई ले हो, हो, हो चढ़ला तला माई ले हो दाई लेठिया आके लग गई रखिया okay. okay.